हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल वीडियो को लाइक like कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना वाला बेल आइकन ऑल कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए गाइज आज हमने क्या है स्टार्ट देखते रहिए क्या होता है, क्या सीन है ये देखो बता ही नहीं रहा है ये देखो कितना जैसे कि हैक कर दिया हो वैसे दिखा रहा है गाइज बंदा मारा कुछ पता नहीं चल रहा मैं खुद हूँ वह भी पता नहीं चल रहा गाइज दो गन बहनी दिख रही है और नेम दिख रहा है ये देखो इस बंदे को मार दिया एड के साथ देखते हैं गाइज घरों के अंदर घुस जा रहे कुछ पता नहीं चल रहा घरों का भी गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी अभी तक नहीं किया गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से गाइज सामने बंदा है गाइज ये लोग खत्म सामने वाला अब देखते रहिए गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो गाइज प्लीज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ये लो बंदा खत्म और एक सामने ये लो ये अबे खत्म हो जाएगा गाइस देखते रहे देखते रहे विश्वास रखूगा इस खत्म होकर जरूर होगा नहीं क्यों होगा हो गया खत्म गायस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय